क्लस्टर हैं हैं पर पर वो जा रहे है, के जॉनी जॉनी ये निकाल तीन एक किसी भी मोमेंट पे गंवाना नहीं चाहेंगे इस फाइट को इस क्लच को जिस एंगल से जिस पोजिशन से With What? a one we four. What What was that? Okay, What the hell was that? that, wipe out Rampage Jonathan? but करते बने ग्यारह फ्रिश एक बार आते हैं ग्यारह दस फ्रिश निकाले एंड बारह फ्रिश अकेले यहाँ पर लेकिन लेकिन ये सॉसिबल उपाय Okay. कारण भी क्योंकि नियो ने कहीं ना कहीं उनको यहां पर बचाने को। पर बट अभी के लिए नियो पर पढ़ चुके थे अब यार verses... जॉनाथन एक बहुत खिलाड़ी बट वो सर्कल के बाहर मुझे नजर आ रहा है बट रेड भाई ने ने भाई, ने जॉनी आइकॉन ग्रिड से नॉकआउट करते नजर आए कि अभी को भी खत्म कर दिया जाएगा अभी चल रहा था गनियो का तेरा फिनिश और बंदे ला दो अभी है दे दो और ला दो कुछ भाई गेम में हमें देखने मैं वही कर ही मेरे को लग रहा था आज 16 का रिकॉर्ड चल रहा था लेकिन नहीं लेकिन सोमरा नहीं नहीं नहीं यहां यहां पर बीट कर सकते हैं 1 2 और मुझे लग नहीं रहा से अंदाजा आ रहा है गाइस तो जॉनी खेल रहा है गई शादी नहीं गल रहे जॉनी खेल गेल रहे अभी देख लिया सोम्रज को यहाँ पर लेटर सोमराज सोम है, अच्छा की की के बोल बोल अच्छा मारा बहुत नियो बिगेस्ट प्ले दैट ही एवर मेड करते हैं करने के बाद धीरे-धीरे हमको पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते दिया जा रहा है अगर ये ग्रेड सही जगह पे कहता है सोमराज ये प्ले करके दिखा सकते हैं नियो रिवाइवल छोड़ चुके हैं सोमराज की के पास एचपी ही नहीं है like 17 सोमराज भी जोन के अंदर स्निकुके हैं जो फाइट लगातार जाएंगी उसी फाइट के ऊपर कैपिटलाइज कर रहे हैं सोमराज एन आई थिंग दिस इज फाइनली दिखता है